जो जिंदा हैं उन्हें नमस्कार जो मर चुके हैं उनका अंतिम संस्कार कोरोना काल में न सिर्फ इंसान बल्कि मकान भी सड़क पर आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं through the highways through the shadow through the sun rays and one and one will go <laughs>